सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट जेरोमीज़ चार्जेबल गेन फॉर द टैक्स ईयर 1920 यू शुड इग्नोर इनहेरिटेंस टैक्स सेवन मार्क्स फॉर ईच ऑफ द फोर रेसिपिएंट ऑफ एसेट गिफ्टेड फ्रॉम जेरोमी स्टेट देयर रेस्पेक्टिव बेस कॉस्ट फॉर सीजीटी पर्पस टेन मार्क्स क्वेश्चन जेरोमी Made gift to year 1920 उसने इग्नोर करवा वरना अगर को कोई गिफ्ट किया जाता है तो उसके ऊपर आई एस टी के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं पैट और पैट की फिर कैलकुलेशन फर्दर हमें करनी पड़ती है वो हमें इस सवाल में इग्नोर करनी है अच्छा जी पॉइंट नंबर दैट आपके पास uh, 28 में 2019 को जेरोमी ने एक गिफ्ट किया है हाउस का जिसकी वैल्यू थी टू थीरोन हंड्रेड द अंकल डाइड जून इनहेरिटेड द हाउस ऑन वैल्यूड एट वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड Jeromy has never occupied the house as his main residence, so रेजिडेंस इसका main residence नहीं है अच्छा जेरो जो किया है ये गिफ्ट किया है ना तो अगर हसबेंड टू वाइफ गिफ्ट होता है तो नो सी जी टी कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन wife के लिए base cost निकालनी पड़ेगी base cost क्या होगी base cost क्या होगी जो उसके लिए मार्केट वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ हाउस वाज इनहेरिटेड तो बेस कॉस्ट उसकी वाइफ के लिए व्हेन द हाउस वाज इनहेरिटेड वाज वन वन टू एट हंड्रेड तो गेन तो कुछ तो तो भी नहीं होगा बेस कॉस्ट हमने उसकी वाइफ के लिए बता दी नेक्स्ट ऑन 24 जून जेरोमी मेड अ गिफ्ट ऑफ इज इंटायर बारह होल्डिंग ऑफ ट्वेल्व In Reward Limited, an unquoted company, to his son. The market value of the shares on that date was ninety-eight thousand four hundred. Gift of shares. Shares had been purchased on fifteenth March two thousand nineteen for thirty-nine thousand. This is the cost. Market value of chargeable asset was this one, of which four lakh sixty thousand was in respect of chargeable business asset. Jeremy and जेरोमी एन इज सन इलेक्टेड टू होल्ड ओवर द गेन ऑन दिस गिफ्ट ऑफ अस एट सो ये बेसिकली गिफ्ट रिलीफ की बात की जा रही है इसके ऊपर गेन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेल प्रोसीड जो थी वो तो थी नहीं तो हम डीम प्रोसीड लेंगे डीम प्रोसीड थी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट थाउजेंड फोर हंड्रेड उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी थर्टी नाइन थाउजेंड और आपका गेन बिफोर रिलीफ आ गया फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये रिलीफ का सवाल है रिलीफ का पार्ट है होल्ड ओवर रिलीफ का पार्ट है. अच्छा जी होल्ड ओवर रिलीफ हमने ये पढ़ा था कि अगर शेयर ट्रांसफर किए जाए और उस कंपनी के पास चार्जेबल नॉन बिजनेस एसेट्स हों तो जो गिफ्ट रिलीफ होता है वो हेल्ड ओवर हो जाता है तो हेल्ड ओवर रिलीफ जो गिफ्ट रिलीफ होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो गिफ्ट रिलीफ इसमें से निकालना है और बाकी गेन जो होगा वो चार्जेबल हो जाएगा तो इसकी कंपटीशन हम कैसे करेंगे चार्जेबल की इसके पास चार्जेबल बिजनेस एसेट्स हैं चार लाख साठ हजार के टोटल एसेट्स हैं पांच लाख चालीस हजार के तो फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सी बी बिजनेस एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल चार्जेबल एसेट्स दट इज फाइव लैक फोर्टी तो ये जो गेंद आएगा ये गेन इसका फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड गिफ्ट रिलीफ मिल जाएगा इसे फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसे गिफ्ट रिलीफ मिल जाएगा सो so, अगर गिफ्ट रिलीफ फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है तो चार्जेबल गेन कितना होगा चार्जेबल गेन इज द रेजिड्यू एट थाउजेंड Eight hundred is the chargeable. पहला पार्ट हसबैंड एंड वाइफ ट्रांसफर, दूसरा पार्ट बोल्डोवर रिलीफ का पार्शल का केस. तीसरा सवाल. Point number three. On seventh November two thousand and nineteen, Jeremy made a gift of an antique. 12,200 The antique has been purchased on 1st September 2004 for 2,100. So this is an, this is is a chattel. chattel 6,000 तो उसके ऊपर हम गेंद कैलकुलेट करते हैं और अगर छलिंग प्राइस और कॉस्ट छेन हो, तो जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है थर्ड वन इज चैटल्स वेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 6,000 एंड कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 6,000. तो हम इसकी सेलिंग प्राइस ले लेंगे सेलिंग प्राइस आ गई इसकी 12,200 और इसकी जो कॉस्ट होगी उसके हमें वर्किंग करनी पड़ेगी सॉरी गेन की वर्किंग करनी पड़ेगी कॉस्ट इज टू नॉर्मल गेन निकाल रहे नॉर्मल गेन बनता है 10,100। हजार 10,100 के बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला था 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रोसीड माइनस 6,000। उससे आंसर आता है वन ट्रिपल थ्री तो इसका मतलब है आप जो टैक्स देंगे वो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे यानी कि दस हजार एक के ऊपर 10 टैक्स देंगे और जो ब्रेस ब्रेसलेट जो गिफ्ट किया गया है उसकी बेस कॉस्ट वही बनेगी जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी फोर्थ On 29th of January, Jeremy made a gift of nine acres of land valued at seventy-eight thousand four hundred to his brother. Originally purchased ten acres of land for thirty-seven thousand eight hundred. The market value of the unsold acre of land was thirty-three thousand six hundred. The land has never been used for business purpose. So, यहाँ पर ये जो केस है फोर्थ वाला ये पार्ट डिस्पोजल का केस है तो हमें पार्ट डिस्पोजल में चार्जेबल गेन निकालना है उसके लिए हमने ए अपॉन ए प्लस बी वाला एक फॉर्मूला डिस्कस किया था सो पार्ट डिस्पोजल ऑफ लैंड पार्ट डिस्पोजल तो डिस्पोजल प्रोसीड नाइन एकर्स ऑफ लैंड की हमारे पास जो आ रही है वो है सेवेंटी एट और कॉस्ट थी थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड की सो सेल प्रोसीड इज सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड और कॉस्ट हमें इसकी कैलकुलेट करनी है चार्जेबल गेन निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इज़ थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड fraction is cost multiply by a upon a plus b so इसकी original cost है हमारे पास थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड मार्केट वैल्यू of द अमाउंट डिस्पोज ऑफ सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड Seventy-eight thousand four hundred plus market value of remaining land, and that is thirty-three thousand six hundred. So, ये इसका fraction बन गया जिस पे cost attribute हो जाएगी. And uh, the answer is two six four six zero. Two six four six zero. टू सिक्स फोर सिक्स जीरो एंड द गेन इज फाइव फन नाइन फोर जीरो इज दिन ऑन पार्ट डिस्पोजल अब जिसको gift दिया गया है उस गिफ्ट वाले के लिए जो बेस कॉस्ट थी पहले वाले की हमने निकाल ली थी दूसरे वाले की बेस कॉस्ट जो हमने दी थी उसमें से सेकंड वाले को जो हमने 98,400 मार्केट वैल्यू थी सेकंड वाले की सो मार्केट वैल्यू वॉज 98,400 और गिफ्ट रिलीफ इसमें से माइनस हो जाएगा तो बेस कॉस्ट निकालने के लिए गिफ्ट रिलीफ हमारा था 50600 तो ये दूसरे वाले की बेस कॉस्ट बन गई फोर सेवन एट हंड्रेड और तीसरे वाले केस में जो एंटीक उसने उसको भेजा था उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एंटीक आइटम की वो थी टू थाउजेंड वन हंड्रेड और उसकी मार्केट वर्थ थी बारह हजार दो सो जिस वक्त गिफ्ट किया गया था तो बेस कॉस्ट इज बारह हजार दो सौ और पार्ट डिस्पोजल में जो नाइन एकर्स लैंड गिफ्ट की गई थी उसकी मार्केट वर्थ थी सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड तो उसकी बेस कॉस्ट उसकी मार्केट वर्थ हो जाएगी सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड अच्छा जी यहां मैंने ये प्रोसीड लिखनी चाहिए थी मार्केट वैल्यू नॉट सेल चले जी एक सवाल हमारा इंडिविज